तो सब बढ़िया बढ़िया ही होनी चाहिए और आज सुबह मैं उठा हर कोई उठता है मैं भी उठा पपा मेरे को मालूम है क्या बोलते उन्होंने मेरा ब्लॉग देख लिया और उसके बाद उसके बाद मेरा ब्लॉग मेरे बार मालूम है क्या बोलते कि जो है तू ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा क्या करते भाई एक बार बताऊँ इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है फिलहाल और अभी अप्रैल में ये हालत तो अभी मई जून तक क्या होएगा कुछ पता नहीं है मतलब इतनी ज़्यादा मतलब कभी हर साल इतनी गर्मी नहीं होती थी जितनी इस बार गर्मी हो रही है तो इस हिसाब से अगर पकड़ा जाए तो अपना अपना जो मई जून में जो है सबकी हालत डाउन हो जाएगी बगैर ए का कोई नहीं रह पाएगा और इतनी गर्मी होती है मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैंने कभी घर पर बताया भी नहीं था कि जो है कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ ऐसा ऐसा कुछ तो जो मैं बाइक भी लेने का प्लान था तो वो सब पापा सोच रहे थे इतने बाइक लेने को भी सोच रहा है तो वो कल मेरा ब्लॉग देखा पापा ने और उसके बाद बोलते हैं कि जो है तू ये सब कर रहा है तो इसमें तेरा क्या फ़ायदा है तो टाइम वेस्ट है और दो जन तेरे को दो बात बोलते वो सब मेरे को बहुत लगा ऐसा पर मैंने बोला लोगों का काम है बोलना अपन अपना काम करते हैं ना इसलिए तो आज सुबह बहुत थोड़ा सा नर्वस हुआ सर अपनी कि मैं ऐसा ऐसा थोड़ा बहुत गलती पप्पा ने बताया क्यों ये वाला सिर्फ चैनल पपा को पता चला वो वाला चैनल का कोई पता ही नहीं है और जब भी वो पता चलेगा तो क्या मम क्या बोलेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतियाँ अगर देखा जाए तो बहुत सारी उसमें गलतियाँ तो वो गलतियाँ मुझे अभी धीरे धीरे इम्प्रूव करनी है जैसा आप भी मुझे बोल सकते हो आराम से नो टेंशन टेंशन नहीं कभी ये कमेंट में कुछ आप भी आप बोलोगे ना मैं सब सुन लूँगा और हाँ एक चीज़ मुझे कल ही मैं देख रहा हूँ हफ्ते भर से मैं एक नोटिस करूँ कि जो है मैं अपना ट्यूबडी में जाता हूँ ना जब अपना टाइटल डालने के लिए तो उसमें देखता हूँ एक बंदा कौन सा है जो सबसे पहले देखता है वही बार मुझे कमेंट करे कि भाई मैं आपका ब्लॉग सबसे पहले देखता हूँ समझिए तो मुझे कमेंट करके बताओ कि जो है कौन है जो सबसे पहले हर रोज़ का उसका है कि वो सबसे पहले देख तो कम से कम कोई तो देख रहा है मेरे ब्लॉग मतलब अपलोड हो ही तो कोई तो देख रहा है तो ऐसे ही प्यार सपोर्ट देते रहे तो चलते फटाफट से अभी जॉब पर आवाज़ बहुत आ रही है बहुत ही इरेटेड होता आप उसको इग्नोर किया करो तो चलते फटाट से आपको एक बहुत बड़ी अपडेट देता देना चाहता हूँ क्योंकि अभी मैं न्यू फ़ोन लेने वाला हूँ और उस न्यू फ़ोन के साथ साथ तो मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि बहुत बोल, बोल रहे हैं ब्लॉगिंग में वो कैमरे में अच्छा है कि नहीं मुझे सबसे अच्छा उसका लगा कि उसका ए सी हो बहुत अच्छा है तो इसलिए वो मैं परचेस कर लिया मैं बोला चलो ठीक है इसको परचेज़ करते और ये मुझे अपडेट आप एक बार बता सकते हो इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है ना अभी पप्पा फिर से देखेंगे तो फिर से क्या रिएक्शन करेंगे पता नहीं तो अभी चलते फटाफट से अभी जॉब कर से शुरू हुआ अभी घर जा रहा हूँ और यहाँ पे अंधेरा भी होता है और इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये यही एक मेरी रीज़न है कि जो जो कंटेंट नहीं आ पा रहा है टेंट ना आने का ये सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि यहाँ पे बहुत आवाज़ होती है और मुझे पसंद नहीं थी आवाज़ आ जाती ना इस वजह से मुझे खुद को देखना मुझे खुद को देखना पसंद नहीं तो आप लोगों को कैसा रिएक्शन आता है मुझे पता नहीं और मैं एक और अभी और इस्टार्ट कर रहा हूँ अपने ब्लॉग में कि मैं थोड़ा थोड़ा 10 दस सेकेंड अपने ब्लॉग में टाइम आगे बढ़ा रहा हूँ और और दूसरा रीज़न सबसे बड़ा इसलिए कि अभी तो आपने जितने भी ब्लॉग देखा होगा मैं ब्लॉग नहीं करता हूँ डायरेक्टली मतलब अपलोड कर देता हूँ ख़त्म मैं जो रहता है ट्रेवलिंग का वो सब डाल के एडिटिंग करके डाल देता हूँ यहाँ से आने वाल मैं खाता हूँ और उसके बाद एडिटिंग करते करते ही मेरे को नींद आ जाती फिर भी मैं एडिट करके अपलोड करके सोता हूँ सुबह आपको दस बजे अपलोड करता हूँ पब्लिश करता हूँ समझे ये मेरा शेड्यूल है फिर भी मैं इतना मेहनत से करता हूँ उसके बाद में मुझे टाइम नहीं मिलता और इसका कैमरा उतना अच्छा नहीं है इसलिए मैं व्लॉग नहीं कर पाता हूँ और कभी कभी मैं सोचता हूँ ना एक पार्ट का एक पार्ट का मैं दोनों एक साथ मतलब एक साथ में अपलोड करूँगा दो पार्ट में कर देता हूँ तो बोलता तो नहीं जो है एक ही एक ही एक में डालता हूँ बाकी का जो है आप लोग खुद देख लेना मतलब तो नहीं, नहीं जा पाया टाइम का मैं तो ठीक छोड़ दूँगा तो अभी बस भी आ गई फटाफट चलते वही छूट जाएगी रेड लाइट कि ग्रीन लाइट रेड है तो चलते